है, जैसे जग जीना चाहिए मिली अस को का है मीना चाय एक बार सास तेरे और मेरे तो एक दो लगे तेरी एक तेरे मुझे जैसी लगी मेरे रोस जुड़े लगे सुन मेरी में जंग जैसी एक रात एक बात सबसे जुड़ा सबसे अल्लाह तेरे लगते साये से तेरे हर भारत तेरे, तेरे, जो तो जोड़वा एक बात कम जाए जा जाए जा सकते